नमस्कार आपको इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आज हम बिहार के राजधानी पटना में अवस्थित स्थित एक गर्ल्स स्कूल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे उससे हम मिलेंगे तो चलिए मिलते हैं यह स्कूल इस स्कूल का नाम से रघुनाथ प्रसाद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है यह कंकड़वाग में स्थित इस है इसके पड़ोसी स्थान है पटना का नया स्टेडियम बना हुआ है इसके बगल में ही एक है प्राइवेट अस्पताल है बहुत बहुत बड़ा है आ, और उसका नाम मैं बताना नहीं चाहता हूँ लेकिन तो वह बहुत अच्छा ही सुंदर ही बहुत आधुनिक संसाधनों से लैफ यह प्राइवेट होने तैयार है और इस स्कूल के मुख्य दरवाज़ा से के साथ बहुत ही साफ़ सुथरी चमकली चमक चमक से वो थोड़ो बालिका विद्यालय का मुख दरवाज़ा भी बनाया गया है दोनों मिल जाते हैं और जब मुख्य दरवाज़ा को पहली बार देखा तो बहुत अच्छा लगा था लेकिन जैसे ही तस्वीर के अंदर प्रवेश किया तो स्कूल से कई सवाल करने को मन हो गया और मन भी टेंशन हो गया तो मैंने पूछा स्कूल से पहला सवाल पूछा कि तुम्हारे पास इतना बड़ा अच्छा खासा खेल परिसर है लेकिन लड़कियों के खेलने के संकेत अब शेष इस खेल परिसर में नहीं है क्यों भाई मैंने दूसरा सवाल पूछा तुम मुख्यमंत्री के शहर में रहते हो तुम्हारे पास मुख्यमंत्री जैसा तो नहीं लेकिन उससे थोड़ा सा कम या बहुत कम शौचालय होगा साफ़ सुथरी तो होगा ही सुंदर दिखता होगा इस लड़कियों के पास पढ़ने के उचित संसाधन होंगे इसे विज्ञान के लिए प्रैक्टिकल के वस्तुएं प्रैक्टिकल होते होते होंगे प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता होगा इन सवालों से स्कूल नाराज़ हो गया और हम पर गुस्सा होने लगा अब आप ही बताएं कि पटना में ऐसे स्कूल की कल्पना करना गलत है तो माफ़ कीजिएगा हमसे ये गलती हो गई यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद